जेक आर्टिस्टी और आज मैं आपको बड़े कुल cool गैजेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ पहला होगा बहुत लोगों के घरों में भी आपने देखा होगा और यह प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्यों ये प्रोडक्ट अमेजिंग है क्यों प्रोडक्ट आप लोगों को यूज करना चाहिए और कैसे ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगा सो लेट मी जस्ट क्विकली अनबॉक्स दिस आपको कुछ नहीं करना आपको इसकी सील खोलनी है सील के बाद आपको आपको डायरेक्ट एक बल्ब निकाल लेना आप क्योंकि आप स्मार्ट और yes, इसको फोन के साथ करने के लिए आपको ऊपर मिल जाएगी और अच्छी चीज ये इस, इस पर्टिकुलर बल्ब की बल्ब अलेक्सा के साथ चलता है ये बल्ब होम असिस्टेंट के साथ चलता है अब ये लाइफ कैसे बदलने वाला आपकी अगर आपने लगाया हुआ आपका वाई फाई के साथ ये कनेक्टेड है आपका ये जो पर्टिकुलर लाइट का सोर्स है स्मार्ट सोर्स बन जाएगा अगर आप अपने अलेक्सा को ये बोलते हो अलेक्सा टर्न ऑन द बल्ब या जो भी आप इस बल्ब का नाम रखते हो अगर आपने इसका नाम आ, कुछ भी रख दिया लाइक ए बी सी टर्न ऑन ए बी सी देन वो इसको स्टार्ट कर देगा आप इसको बोलेंगे इसकी लाइट को रेड कर देगा अभी आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट बो यहाँ पे पोर्ट और ओटो 12 स्मार्ट ऑडियो कनेक्टर है और ये कनेक्टर करता है कि आपको पता तो चल ही क्या होगा अगर इसका इसका नाम कनेक्टर है तो ये क्या करेगा बेसिकली गाड़ी के अंदर ये ब्लूटूथ के कनेक्शंस को इनेबल करेगा दैट्स राइट एंड इसके अंदर आपको किट मिल जाती है इसकी इंस्टॉल करने की अगर आपको चाहिए तो इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कॉल्स पिक भी कर सकता है ड्रॉप भी कर सकता है ये आपके ब्लूटूथ को वन गो में कनेक्ट भी कर सकता है इसकी दूसरी अच्छी बात भी है अगर आपके पास रैंडम स्पीकर हैं घर पे, राइट अगर आपके पास वो स्पीकर हैं जो ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करते बट स्टिल उनके अंदर ऑक्स है तो आप उनको भी ब्लूटूथ वाला स्पीकर बना सकते हो जस्ट आपको उसके अंदर दिस पोर्ट को डालना है एंड देन आपको ये यूएसबी पोर्ट के अडप्टर के अंदर लगा देना है जिससे हम फोन चार्ज करते हैं कोई भी टेन वोट का अडप्टर स्टैंडर्ड अडोप्टर के अंदर ये लग जाएगा तो जब आप इन दोनों को डालोगे ये ब्लूटूथ वाली जो चीज है ये आपके स्पीकर को बना देगी स्मार्ट स्पीकर अच्छी चीज़ ये आप इससे वॉल्यूम्स को भी कंट्रोल कर सकते हो यस दैट्स राइट आप कॉल को ड्रॉप पिक भी कर सकते हो आप इसके बिल्टिन माइक से एंड स्पीकर से बात भी कर सकते हो सो so बेसिकली आपका जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाला स्पीकर था वो आपका बन गया स्मार्ट स्पीकर तो दिस टी पी वाईफाई वाई मैच एक्सटेंडर ये क्या करता है ये इसको बेसिकली आपको लगाना है प्लग के अंदर इसको लगाना है आपको इथरनेट से अपने स्टैंडर्ड uh, जो आपका वाईफाई घर के ऊपर लगा हुआ है लैंड केबल से आपको कनेक्ट करना अभी क्या करेगा और ज़रूरी नहीं है आपको लैंड केबल से ही कनेक्ट करना है हर बार अगर आप वाईफाई से इसको एक्सेस पॉइंट बना देते हो तो एक इंटरमीडिएट एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा और ये जितने भी सिग्नल्स आपके वाई से इसके पास आ रहे हैं ये उनको आगे एक्सटेंड करके भेजेगा सो so दे आप लोगों को बराबर स्पीड मिल सके एंड ये फाइव एमबीपीएस तक फाइव जी गर्ट्स सपोर्ट करते हैं विच भी Which means enough ए speed आपके लिए अगर आप दूसरे कमरे में full strength के signal को यूज करे हो यस दिस इज वन ऑफ द गैजेट जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा अगर आपके घर में इफ अगर आपका घर फोर बी एच के है या ऊपर वाईफाई लगाए नीचे रेंज पूरी नहीं आ पाती है तो आप इन बिटवीन इसको कहीं पर फिट इन कर सकते हो and ये definitely ये वाला product आपको वहाँ पर help करेगा fourth product जो मेरे पास है ना ये बड़ा amazing product है ये product daily मैं अपने बैग में डाल के रखता हूँ ये प्रोडक्ट मेरे को हेल्प करता है मेरी केबल्स की नीड्स जो होती है ना उनको पूरा करने में अब मैं बता देता हूँ ये प्रोडक्ट नाइन इन वन है ये फोन कटल बन जाता है आप सिम कार्ड की किट आप इसके अंदर ले सकते हो ये पावर डिलीवरी भी करता है एंड मल्टाई केबल इसके अंदर सोल्यूशन है सो so बेसिकली इसके अंदर हर केबल आपको मिल जाएगी और इसके अंदर जितने भी केबल्स हैं वो आप किसी भी फ़ोन किसी भी चार्जर किसी भी स्पीकर किसी भी पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हो कुछ भी चार्ज सकते बेसिकली यूएसबी एस बी सी भी है इसके अंदर यूएसबी माइक्रो भी है इसके अंदर और लाइटनिंग केबल भी है यस yes, लाइटनिंग केबल भी इसके अंदर आपके ट्रेवल बैग में ये तो होना ही होना चाहिए सो so, देट आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो आपकी यू you नो know, चीज़ों की आपके यू नो फोन चार्ज करने की गैजेट्स चार्ज करने की या आपके इक्विपमेंट्स चार्ज करने की यस यू कैन सी USB C माइक्रो केबल एंड ऑल वगैरह वगैरह सो बेसिकली इसके अंदर ना मैं खोल देता हूं आपके लिए सो so बेसिकली आपके पास ये सेकंड पोर्ट ये था फर्स्ट फर्स्ट पोर्ट ये था मैंने फर्स्ट पोर्ट में USB A लगा दिया है सेकंड पोर्ट पे मैंने लाइटनिंग केबल लगा दिया और मैं इससे चार्ज कर सकता हूं अपने फोन इफ यू आर अ ट्रैवलर तो बहुत बार ऐसा होता है आप ऐसी जगह पे होते हो आपके पास केबल्स नहीं होते हैं मेन तो ये चीज आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी एंड सो एंड एंड You can see बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करी थी थोड़ी देर पहले मैंने बट गल से पावर बटन दबा दिया डिलीट बटन दबा दिया सो दिस इज अट पॉइंट फाइव इंच राइटिंग पैड यू कैन सेव पेपर ये और इसको आप डिलीट ये, इस तो इस, you know, ये, cool, so, ये दे सकते हो वो खेल सकते हैं डेफिनेटली यूज कर सकते हैं चिल कर सकते हैं अपना ड्राॅंग्स बना सकते हैं कुछ भी बना दो यार फिर डिलीट कर दो